नमस्कार मैं गौरी प्रस्तुत करती हूँ दिलखुश मनपसंद शायरी अच्छी बातें प्यारी बातें अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आज मैं आपको बारिश इस विषय पर दो कविताएं सुनाना चाहती हूँ एक गुलजार जी की है और दूसरी हिमांशु राय जी की है दोनों का विषय अलग अलग ही है गुलजार जी की कविता सुनाने से पहले दो एक लाइनें गुलजार जी की कितनी जल्दी गुजर जाती है ये जिंदगी प्यास बुझती नहीं और बारिश चली जाती है तेरी याद कुछ इस तरह आती है नींद पूरी नहीं होती और रात गुजर जाती है आज मौसम भी नम हुआ आज मौसम भी कुछ नम हुआ मेरी आँखों की तरह लगता है बादलों का दिल भी किसी ने टोड़ा होगा बारिश की जब बात होती है तब हम सबको कोई ना कोई मोहब्बत से जुड़े हुए रिश्ते किससे याद आते हैं बारिश और मोहब्बत का सदियों पुराना रिश्ता जो रहा गुलजार जी की ये कविता बारिश और मोहब्बत से जुड़ी हुई है दोनों ने देर तक बैठे बारिश देखी वो दिखाई दी थी मुझे बिजली के तारों से लटकती हुई बारिश की बूंदे जो ताकूब में तो थी एक दूसरे के और एक दूसरे को छूते ही पक जाती थी। मुझे फिक्र ये कि बिजली का करंट छू जाए किसी नंगी तार को तो आग लगने का डर। उसने कागज की कई कष्टिया बनाकर पानी में उतार दी ये कहकर बहादी कि समंदर में मिलेंगे मुझे इस बात का डर कि इस बार भी सैलाब का पानी कूद के उतरेगा जब कौसार से तो ले जाएगा तोड़ के कच्चे किनारे में भरके वो वो बरसात का पानी झीलों को तरसाती रही वो बहुत कमसिन सी थी मासूम थी छोटी सी थी अब इशारों के तरन पे कदम रखती थी और गूंजती थी और मैं उम्र के इफ् में गुम तजुर्बे हमरा लिए साथ ही साथ में चलता रहा बहता रहा, चलता रहा अब हिमांशु राय जी की कविता जिसका विषय अलग है लगता है मेरे बचपन की बारिश अब बड़ी हो गई ऑफिस की खिड़की से जब देखा मैंने मौसम की पहली बरसात को काले बादल के गरज पे नाचती बूंदों की बारात को एक बच्चा मुझसे निकलकर भागा था भीगने बाहर रोका उसे बड़प्पन ने मेरे पकड़ के उसके हाथ को मेरे और बारिश के बीच एक उम्र की दीवार खड़ी हो गई लगता है मेरे बचपन की बारिश अब बड़ी हो गई वो बूंदे कांच की दीवार पर खटखटा रही थी लगता है मैं उनके संग कभी खेलता था शायद इसीलिए बुला रही थी पर तब मैं छोटा था और ये बातें भी छोटी थी तब घर जल्दी जाने की किसे पड़ी थी अब तो बारिश पहले राहत फिर आफत लगती है जो गरज पहले लुभाती थी अब डराती है मैं डरपोक हो गया और बदनाम ये सावन की छड़ी हो गई लगता है मेरे बचपन की बारिश अब बड़ी हो गई जिस पानी में छपाके लगाते उसमें कीटाणु दिखने लगा खुद से ज्यादा फिक्र ये कि लैपटॉप बिकने लगा स्कूल में थे तो सोचते थे बरसे बेहिसाब और छुट्टी हो जाए अब ये सोचे कि बरसे बेहिसाब तो कहीं ऑफिस की छुट्टी ना हो जाए सावन जो कभी चाय और पकौड़ों और दोस्तों के सोबत में इतमान से बीतता था वो दौर, वो घड़ी बड़े होते होते कहीं खो गई लगता है सचमुच मेरे बचपन की बारिश अब बड़ी हो गई